उत्तराखंड के सीमांत जनमत चमोली जिले में कनपुर गांव है इसमें एक गुफा है इस एक गुफा में नंदी देवी ने भगवान शिव की तपस्या की थी इस गुफा में जब हम प्रवेश करते हैं तो सभी देवी देवताओं की आकृतियां प्राकृतिक रूप से बनी है इस गुफा में भगवान शिव की अन्य काफी आकृतियां उभरी हुई है भगवान शंकर के जितने रूप है उसके सभी रूप की तस्वीरें यहाँ उभरी हुई है यहां पर आकाशगंगा के साथ नौ रूपों की तस्वीरें भी यहां उभरी हुई है यहां 33 कोटि देवी देवता की तस्वीरें उभरी हुई है इसके आगे वैज्ञानिक भी फेल हो गए हैं क्योंकि ऐसा कोई देव नहीं है जिसकी यहां तस्वीर ना हो यह गुफा वैज्ञानिकों के लिए भी अनसुलझी पहेली है विज्ञानिक यहाँ जाकर देखते है तो उनको तो यही समझ में नहीं आता की यह गुफा कितनी पुरानी है और इस गुफा में यह मूर्तियां किस प्रकार बनाई गई है यह एक अद्भुत गुफा है यहाँ के स्थायी निवासियों का कहना है कि यहाँ पर आज भी नंदा देवी तपस्या कर रही है पूरे उत्तराखंड में माता नंदा देवी की राज यात्रा निकाली जाती है राज यात्रा के 19 पड़ाव हैं। माता नंदा देवी को उत्तराखंड की इष्ट देवी माना जाता है माता नंदी देवी को प्रकृति का रूप माना जाता है माता नंदी देवी को उत्तराखंड में कई नामों से जाना जाता है जैसे राज राजेश्वरी सुनरा नंदनी शिवा इत्यादि नंदा देवी को धार्मिक एकता का प्रतीक माना जाता है राज यात्रा हर एक वर्ष के बाद मनाई नंदा देवी को हिमालय की पुत्री माना जाती है और इसको भगवान शिव की अधागिनी के रूप में पूजा जाता है नंदा देवी राज यात्रा क्या है राजरथ यात्रा में नंदा देवी को उसके ससुराल भेजा जाता है इसी को नंदा देवी राजरथ यात्रा कहते हैं इस दिन माता की विदाई करके कैलाश को भेजा जाता है इससे प्रसन्न होकर माता पूरे उत्तराखंड की रक्षा करती हैं। इस दिन चार सिंह वाले भेड़ को माता के रूप में छोड़ा जाता है माता की यात्रा को एक दुल्हन की डोली की तरह सजाया जाता है और इसकी दुल्हन की डोली की तरह ही विदाई की जाती है नंदा देवी गुडवाल के साथ कुमाऊं के राजाओं की कुल देवी भी मानी जाती है दो थैले लटकाए जाते हैं जिसमें माता के गहने और श्रिंगार का सामान रखा जाता है इस इस भेद की आखिरी पूजा हेमकुंड में की जाती है इसके इस बाद भेद को छोड़ दिया जाता है यहाँ के लोगों का मानना है ये भेद कैलाश में प्रवेश करते ही विलुप्त हो जाता है और ये भेद शिवलोक यानी माता पार्वती के पास पहुंच जाता है और माता को अगले साल लाने की विनती करता है माता की यात्रा दो प्रकार की होती है पहली यात्रा वार्षिक होती है जो हर साल मनाई जाती है और दूसरी यात्रा 12 वर्षों के बाद मनाई जाती है यह यात्रा चामोली जिले के कसाब से शुरू होती है और दिसौली और बादान से होती हुई यह मात्रा दो किलोमीटर की दूरी तय करती है किमकुंड में इस यात्रा का आखिरी पदाव माना जाता है इस यात्रा में अल्मोड़ा, कटारमल नैनीताल से भी माता की डोलियाँ आती है यात्रा को दूसरा पदाव नाटो तो गांव में होता है इसके बाद यह यात्रा 200 स्थानों से होती हुई नंदा नगर घाट से होती हुई नोटो में समाप्त होती है इसके बाद नोटी गांव से होती है अब बार यह यात्रा दो में शुरू होगी अब लोगो ऐसी विनती है कि आप सभी लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार रहिए नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 7,817 मीटर आकी गई है इस चोटी की मुखिया देवी के रूप में पूजा जाता है विश्व की सबसे बड़ी चोटियां हिमालय पर ही पाई जाती हैं। इन चोटियों में एक चोटी नंदा देवी है ये चोटी अपनी सुंदरता और उद्भुत बनावट के लिए जानी जाती है नंदा देवी के दोनों और ग्लेशियर पाए जाते हैं इसलिए माना जाता है कि मार्केट एवरेस्ट पर चढ़ने से ज्यादा मुश्किल है नंदा देवी शिखर पर चढ़ना बताया गया है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले आपको नंदा देवी के शिखरों पर चढ़ाई करने की सोचनी चाहिए क्योंकि नंदा देवी के शिखरों को भी बहुत दुर्गम शिखर माना गया है दोस्तों आप लोगो को हमारी वीडियो कैसे लगी यह जानकारी हमको कमेंट करके जरूर देना अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपा करके हमारे हनू मिस्ट्री के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद